क्या आपका भी फ्री फायर लॉगिंग नहीं हो रहा थी सही वीडियो पर क्लिक है ऐसा ट्रिक कोई नहीं बताया कि नहीं होगा क्लिक तो चप्पल से मारना जूते से मारना जो हो कॉमेंट में मारना दे तो पहले हमारे चैनल स्टार लाइन गेमिंग टू को सब्सक्राइब कर लेना अगर लॉगिंग हो जाने के बाद एयरशॉर्ट नहीं लगाती है दो चार वीडियो एयर वाले अपलोड किया जाकर देख लेना मेरे चैनल पर ये मेरा छोटा वाला भी फोन है लॉगिंग अभी करके दिखाऊंगा अगर नहीं हुआ लॉगिंग तो पता है क्या करना चप्पल चप्पल जूता जूता जो हो कर लेना पहले सब्सक्राइब तो कर दो ओ पी वाई अभी लॉगिन करेंगे तो पहले हमें अपने फोन के स्क्रीन पर आ नेटवर्क तो खुला हुआ है अभी दिखा था हम गरीबा फ्री फायर को डिलीट नहीं करना है भाई बहुत आदमी बंदा लॉगिन नहीं हो रहा था तो डिलीट कर दे मैं भी कर दिया तो फिर डाउनलोड कर लिया क्योंकि मैं ऐसा ओपी भाई वाई ट्रिक कैसा लगा ओ वाला ट्रिक ये ये ये सेटिंग मांगने के बाद वाला हम बताए नहीं सेटिंग मांगने के लिखना है डी एन एस सर्च सर्च करना है डी एन एस तो कभी डी एन एस डी एन एस होगी या अभी सर्च करेंगे तो ये फर्स्ट वाला पे क्लिक करेंगे जो दो नंबर में के नीचे रहेगा इस पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के इसके बाद चार थ्री नंबर वाला ऑप्शन देंगे यहाँ फोर नंबर टाइपिंग पर लिखना है डी एन एस हटा कर गूगल जी डब्लो जी एल ई गूगल डी एन एस के यहाँ एक डॉट दे देना बीच में Google और एस के बीच में डॉट इसके बाद फिर दो नंबर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके सेव कर देना है हो गया हो गया काम आप लोग का मत भागो ये गया लॉग इन तो प्लीज एक लाइक एंड सब्सक्राइब लॉगिन हो जाने को बात कर देना अभी लॉग तो हो गया ये गरीना फ्री फायर ये देखो लॉग होगा फास्ट में नहीं होता है भाई नेटवर्क प्रॉब्लम तब तक के लिए वेट करते हैं कुछ नहीं बोलेंगे ऐसे चुपचाप रहते हैं तब तक आप वीडियो देखते रहे कैसे कैसे कैसे कैसे कैसे होता है लॉगिंग लॉग इन लॉगिंग क्या बोलू कुछ नहीं समझ में आता इतना नेटवर्क लेकिन लॉगिंग होगा होगा होगा होगा इतना बात मानने का मन करता है क्योंकि लॉगिंग हो गया ना हम से एक बारी से लिए हो गया तो पहले हम तब तक दो चार गोल खेल भी लिए हैं आप सबका बताने का मन कर रहा भाई नेटवर्क चलाओ बहुत हुआ मेरे यहाँ तब तक ले कुछ नहीं बोलता ये हो गया प्रोसेस पूरा अभी विवाह होने वाला है कुछ देर में एक क्लिक में करेंगे लॉगिंग एक क्लिक में करेंगे लॉगिंग फास्ट फास्ट फास्ट फास्ट ओ ओ भाई ओ भाई एक क्लिक पर लॉगिंग भाई क्या बात है लाइक सब्सक्राइब करो करो लॉ होगा एक टैप टू क्या ओ ओ ओ भाई भाई हो जाकर पहले वीडियो को को लाइक और चैनल सब्सक्राइब सब्सक्राइब करो करो वाला एक एक कमेंट कमेंट कमेंट का अट्ठाईस